शुभम कुमार मैं कक्षा चार का विद्यार्थी राज के प्राथमिक विद्यालय डांश्वर और हास्य कलाकार के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ हीरो बने गए हम बैज की बरात में धूपी में पहने थे हमने आधी रात में कांठकू कपाल रेशमी रुमाल था को सितल तक निकलना सुलार था बंडी नीचे बदन पर बंडी नीचे बदन पर कमी थी कान में चादी से एक पव हाथ में लीड कोचिकान में न्यूजिक अंग्रेजी था लीड को चिकान में न्यूजिक अंग्रेजी था देख शरीर विदेश था ये पाड़ी की पछाण से सकल झाड़ी थी ये पाड़ी की पछाण से सकल झाड़ी थी तैल ऊंड बीच मुड़ी माँ गुजर दाड़ी थी बैंडवाओं ने बैंडवाओं ने पंजाबी गीत क्या मिसा दिया बैंड ने पंजाबी गीत क्या मिसा दिया सडुल जैसी धोन को हमने भी हिला दिया प्यार के कीटाणु जब जुगड़ी नोचने लगे डांस करते करते हम चांस खोजने लगे भारी भीड़ में घुसे हम भित्र और अचार में क्लीन बोल हुए हम पहले पहले प्यार में सियाली एक कुण से हमें घूर रही थी दूध की बदी में हमें चूर रही थी हाय हेलो बाय बाय क्या कमाल हो गया बैज की बरात में क्या धमाल हो गया गर्ल का हमें गर्लफ्रेंड का हमें रूप ऐसा सुहाया गिचुबिटी गुंडू तक लागू हमने चुहाया कुछ कुचे सियाली के बगल खड़े हुए पुर्ग में घपचट था फिर भी तड़तरे हुए